तो इन चीजों की मनाही शास्त्रों में बताई गई है योग रहेगा दर्शकों प्रीति दो बजकर पचपन मिनट तक की इसके उपरांत आयुष्मान योग रहेगा बुधवार दिन रहेगा दर्शकों और चंद्रदेव जो आज चलायमान रहेंगे सुबह सात बजकर ग्यारह मिनट तक की तुला राशि में रहेंगे इसके उपरांत अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं राहुकाल की यदि हम बात करें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 आज आपके जीवन में कुछ नए बदलाव और सकारात्मक बदलाव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज कारोबार में वृद्धि होगी जीवन साथी के साथ धार्मिक होंगे आज आप अप अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर रखिएगा आज ऑफिस में उच्चाधिकारियों से आपको प्रशंसा मिलेगी आपको पारितोषक मिलेगा आपको इनाम मिलेगा सेहत के मामले में आज आप अच्छा फील करेंगे संतान सुख की प्राप्ति आज होगी कोशिश कीजिएगा आज के दिन जरूरतमंदों को आप लोग वस्त्र का दान दीजिएगा और गणपति पाठ करके घर से निकलिएगा सब कुछ मंगल शुभ होगा दिशा शुल का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा आज ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा तो दर्शकों ये तो था हमारा राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए है तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए वीडियो को जमकर शेयर कीजिए